अंकित गुप्ता और प्रियंका चाहर चौधरी के फैंस उन्हें शादी के बंधन में बंधता देखना चाहते हैं और उनकी ये तमन्ना भी पूरी हो गई है यकीन नहीं आता तो देखें ये वीडियो उड़ारिया से बिग बॉस 16 तक प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता ने अपनी केमिस्ट्री से लाखों दिलों को जीता भले ही उन्होंने अपने रिश्ते को कबूल नहीं किया लेकिन उनके बीच का प्यार किसी से नहीं छुपा था उनकी साथ में एक तगड़ी फैन फॉलोइंग है जो उन्हें ज़िंदगी भर साथ देखने के लिए बेताब है प्यार से प्रियंकित कहे जाने वाले अंकित और प्रियंका को उनके चाहने वाले शादी के बंधन में बंधता देखना चाहते थे और आखिरकार उनका ये सपना भी पूरा हो गया डॉट अगर आपको लग रहा है कि अंकित गुप्ता और प्रियंका चाहर असल में शादी के बंधन में बंधे हैं तो ऐसा नहीं है उन्होंने एक म्यूज़िक वीडियो में एक कपल का किरदार निभाया और इसी में उन्होंने शादी रचाई असल जिंदगी में ना सही लेकिन रील लाइफ में आखिरकार लोगों की उनकी फेवरेट जोड़ी को शादी करता देखने की तमन्ना पूरी हो गई उनका म्यूज़िक वीडियो कुछ इतने हसीन लोगों को खूब पसंद आ रहा है लोग उन्हें इस तरह साथ में देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं कुछ लोग तो उन्हें असल में शादी करने के लिए कह रही हैं डॉट जब अंकित और प्रियंका ने साथ में उड़ारियां किया था उस वक्त खबरें थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं इसी की वजह से अंकित और प्रियंका ने बतौर कपल बिग बॉस 16 में एंट्री की थी बिग बॉस हाउस में प्रियंका और अंकित ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया उनकी गहरी बॉन्डिंग उनके प्यार की ओर इशारा कर रही थी लेकिन दोनों ने एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बताया खैर दोनों चाहे जितना एक दूसरे को अच्छा फ़्रेंड बताएं, फैंस उन्हें बतौर कपल एक साथ देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं